नमस्कार दोस्तों मैं माधव बराल एक यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। क्या भूत या प्रेत या प्रेतात्माओं से डरते हैं क्या आपने कभी भूत प्रेत या को देखा है जी हां दोस्तों आज इसी टॉपिक पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे की भूत और पिछाद या प्रेतात्मा लोगों को कैसे दिखाई देते हूँ पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे हमें कैसे चीजें दिखाई पड़ते हैं और भूत प्रेत कैसे दिखाई पड़ते हैं दोस्तों ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए कई बार हमें सुनने में आता है कि भूत प्रेत पिछाद या प्रेतात्माए दिखाई देते हैं आज इस वीडियो में टोटली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं फिर ये भूत पिशाच कैसे दिखाई देते हैं वीडियो में दो पार्ट में हम समझेंगे पहला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें चीजें कैसे दिखाई देते हैं और इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में जानेंगे कि ये जो भूत प्रेत पिशाच प्रेतात्माएं हमें जो दिखाई देते हैं वो कैसे टोटल साइंटिफिक वे से हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अच्छे तरीके से समझ में आएगा और ये जो भूत पिशाज का डर है वो भी कम हो जाएगा इसी वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा ऐसी वीडियो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलेगी इसीलिए खुद भी पूरा देखें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भी ऐसी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी भूत प्रेत और प्रेतात्माओं का जो डर है उसे छुटकारा मिले आइए पहले पार्ट में हम समझेंगे कि हमें चीजें कैसे दिखाई देते हैं पहले जान लेते हैं चीजें हमें कैसे दिखाई देते हैं फिर जानेंगे भूत प्रेत कैसे दिखाई देते हैं। हमारे बॉडी में कई रिसेप्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे मुख स्किन नाक कान आँख आदि बाहरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं ऑर्गन से दिमाग तक मैसेज जाता है तो बाहरी चीजें या या ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट की वस्तुएं द्वारा नजर आते ही इलेक्ट्रिकल केमिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा हमारे मैसेज या इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँच जाता है आंखों द्वारा ब्रेन तक विजुअल इंफॉर्मेशन न्यूरोन के जरिए पहुँच जाता है जो आप देख रहे हैं हमने पिक्चर में दिखाया है इसी काम को करने के लिए हजारों न्यूरॉन लगे रहते हैं। लेकिन सारा सारा प्रोसेस के के अंदर ही संगठित हो हो जाता है। देखने के साथ साथ ये सारा काम हो जाता है। है। देखने साथ साथ काम इसीलिए हमें ये सब पता ही नहीं चलता और जब ब्रेन में ये विजुअल इंफॉर्मेशन आ जाता है तब एएनएस एन यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए ग्लूटामेड नाम का एक एक्साइटेटोरी न्यूरोकेमिकल ब्रेन से विजुअल कॉन्टेक्स में रिलीज हो जाता है जब ये विजुअल कॉन्टेक्स में एक ग्लूटामेट नाम का जो एक्साइटेटोरी न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है तब आँखों से हमें चीज़ दिखाई देते हैं उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन ब्रेन में सेव हो जाता है और विजुअल इमेज तैयार हो जाता है इसीलिए हम कुछ देखते ही उसके बारे में सारी जानकारी अंदर हमें पता चल जाता है लेकिन दोस्तों आँखों द्वारा दिखाई देना न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचना और इमेज तैयार होकर सेव होने का यह सिलसिला माइक्रोसेकेंड के अंदर ही समाप्त तो हो जाता है दोस्तों ऐसे ही हमें चीजें दिखाई पड़ते हैं जो हमने इस पिक्चर द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया है अब दूसरे पार्ट में इस पिक्चर द्वारा हम समझेंगे कि हमें भूत, प्रेतात्मा या डरावनी चीजें हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं बाहर कुछ भी चीजें नहीं होती आँखों से कुछ भी इंफॉर्मेशन न्यूरोन द्वारा ब्रेन तक आती नहीं है मगर जब हम फियर यानी डरे हुए होते हैं या रात का अंधेरा होता है या स्ट्रेस में होते हैं या एनजाइटी में होते हैं या इमोशनल प्रॉब्लम में होते हैं या शॉक में होते हैं तब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मल हो जाता है प्लूटामेड रिलीज करने का सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो जाता है और विजुअल कॉन्टेक्स पर अपने आप रिलीज होना शुरू हो जाता है तभी फॉल्स इमेज हमें दिखना शुरू हो जाता है और डर जाते हैं तो वो चलना भी भी शुरू कर देता है। है। आखिर वहां कुछ भी नहीं होता। इसे प्रोजेक्टिव कहा जाता है। मिस के से हमारे अंदर ये और भी ज्यादा असर करने लगता है और भूत पिशाच का ये जो मामला है वो हमने पहले से ही कुछ कहानियों में सुनी हुई होते हैं भूत पिशाच प्रेतात्माएं या डरावनी चीज के बारे में एक इमेज पहले से ही हमारा साफ कॉन्शियस माइंड में सेव हुए हैं जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मल हो जाता है वो इमेज दिमाग में रिपीट होना शुरू हो जाता है और भ्रम दिखाई पड़ता है दोस्तों साफ कॉन्शियस माइंड के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसी वीडियो में साफ माइंड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्त और परिजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचे थैंक यू दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद